राधे कृष्ण दोस्तों आप सभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज के साथ जो लोग व्यापम पी एस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई बेच प्रारंभ होने जा रही है छब्बीस सितम्बर से व्यापम और पी की क्लासेस जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जैसे व्यापम में तो व्यापम में क्या कब एग्जाम आता है तो देखिए पर आगामी एग्जाम होने वाला है छात्रावस अधीक्षक साथ ही सब इंस्पेक्टर और ए की तो सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में देखिए एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से वीडियो पर जुड़ जाइएगा और वीडियो को एक लाइक करके जरूर रखें साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए छात्रावस अधीक्षक की बात करें तो छात्रावश अधीक्षक में यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं तो कंप्यूटर तो 50 नंबर का पूछा जाता है छत्तीसगढ़ तो 20 नंबर से पूछे जाते हैं करेंट अफेयर की बात करें तो 15 से 20 नंबर पूछे ही जाते हैं यानी कि व्यापम में आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 से 20 नंबर पूछे जाते हैं साथ ही करंट अफेयर तो हमेशा पूछे जाते हैं पंद्रह से बीस नंबर छत्तीसगढ़ देखिए अब उसके बाद भारत के सामान्य ज्ञान के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको भी भारत के सामान्य ज्ञान में पंद्रह से बीस नंबर देखने को मिलता है हर एग्जाम में देखिये जो लोग छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और हॉस्टल वॉडर की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो पर जुड़ जाइएगा और साथ ही 26 सितंबर से एक नए समय पर रात आठ बजे और साथ ही सुबह नौ बजे कंप्यूटर की क्लास और करंट अफेयर की क्लास रहेगी साथ ही रात को आठ बजे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्लस भारत का सामान्य ज्ञान आपको कराया जाएगा टेस्ट रहेगा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन खींचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसकी तैयारी करना चाहते हैं आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं या पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं देखिए व्यापम में छात्रा अधीक्षक है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर है और ए है एडियो की क्लासेस भी 26 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है एक नए समय पर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि व्यापम में छात्रा और अधीक्षक की तैयारी करेंगे या फिर एडियो की तैयारी करना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम है देखिए फिजिकल में जो लोग पास हुए हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ के जो क्लासेस चल रही है YouTube पर उनके लिए 26 सितंबर से ही स्टार्ट होगी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की क्लास ठीक है वहां पर आपको पूरा क्लासेस कराया जाएगा ऑप्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा टेस्ट सीरीज के साथ छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में आपको अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिल सकता है उसका परीक्षा ठीक है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा वीडियो को जरूर लाइक करके रख लीजिएगा आज के लिए इतना ही साथ ही गणित की क्लासेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान हो चुका है हॉस्टल वणित के बीस नंबर पूछे जाते हैं ठीक है बीस नंबर वहाँ से पूछे जाएंगे तो अब हर एग्जाम में व्यापम में गणित के सवाल पूछे जाते हैं 15 से 20 नंबर तो देखिए कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर गणित की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में एक लाइक करके जरूर रखें आज के लिए